क्या कर रहा है बेटा दिख नहीं रहा है अंधी हो गेम खेल रहा हूँ अरे काम कर उठो पंखा साफ कर दे मम्मी यार मुझे नहीं करना पंखा वगैरह साफ अजी सुनते हो अच्छा करता हूं बहुत गर्मी हो गई आज फैन चला लेता हूं